हाँ तो लीजिए ये भी हमारा भजन आ रहा है अपनी शास्त्री रजकोट वालों के आवाज में शिवम कैसेट के माध्यम से तो एक बात आपको अवगत आ दें मैं अपनी शास्त्री रजकोट और हमारी ये ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे यद्वेश जी जो गांव रहना के रहने वाले हैं चिमटा बजा रहे हैं सत्यदेव जी गांव जहंगीराबाद के और हमारे पास में बैठे हमारे चाचा रामनरेश जी रामशंकर जी और भाई कमलेश जी और नेशी का जोरी तो मुझे आशा नहीं पूर्व है हमारी सत्संगी भजन आपको अत प्रिय होंगे तो आइए देखते हैं कैसे अरे कहा से आया और कहा है जाना वो कहा से आया और कहा है जाना और ढूंढ ले ठेकाना बंद at the best. राजा रंग बिखारी कल पकड़ी ले जाएगा और क्या चलेगा कोई ओ बह नहीं चलेगा कोई ब ले ठिकाना ले ले बन्दे ले ले ठिकाना, ठिकाना ठिकाना। ठिकाना, ठिकाना। ठिकाना चलेगा चलेगा कोई ओ बहा नहीं चलेगा, कोई पते ले ठिकाना काना और क्या बालक द्रोपना करी तपस्या अपने प्रभु को पाया है वो तारा चमकाया है नजर उठा के ऊपर वो तारा चमकाया है क्या? ऐसा ठिकाना हमको पाना ये तो ऐसा ठिकाना हमको पाना मुड़ले ठिकाना बंदे ढूंढले ठिकाना बंदे ठिकाना अरे ऐसा ठिकाना ओ ऐसा ठिकाना हम कोह पाना ले ना तो ले बंदे, से आया oh से आया? कहां है ओ कहा से आया, कहां है जा वो कहा है जाना ले ठेाना बंदे। संतों की बात है अरे किसी ढूंढा उसने पाया ये संतों की बात ओ चरण में ओ सतगुरु सतगुरु में में बाना, बाना, बने, बनने ठिका बनने ठिकाणा कहा से आया आ, वो कहा से आया कहा है जाना वो कहा से आया कहा है जाना ऊर् ठिकाना बंदे टूर लेकाना टून ले ठेकाना